को तो बदला नहीं जा सकता लेकिन भविष्य अभी भी आपके हाथ में है शौक तो तो उड़ान उपूर्ति तो में होती है लोग वे वजह उसे संतों और कपड़ों में ढूंढा करते हैं सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा काम में जवान और अनुभव में बूढ़ा होना पड़ता है असफलता अनाथ होती है लेकिन सफलता के माँ बाप भाई बहन और सभी रिश्तेदार होते हैं जिंदगी ताश के पत्तों की तरह है सबको बराबर बांटे जाते हैं अब खेलना कैसे है जब हमारा लक्ष्य से नीयत और सोच अच्छी होना चाहिए क्योंकि बातें तो हर इंसान अच्छी करता है आदतें बुरी नहीं शौक ऊंचे हैं वरना किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं की हम देखें और वो पूरा ना हो दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंचा मत करिए बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाइए मंजिल पर जाने वाले लोग देर तक नहीं सोते आप अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता अगर आपको लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदले भीड़ से हटकर जीने वाले महान लोग साधारण को बेवकूफ लगते हैं सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब ऐसी खराब हालतों से भी लड़ना पड़ेगा असफलता को रास्ते का एक मोड़ समझना चाहिए न की यात्रा की समाप्ति जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल लेकर पैन शायद इसलिए दे दिया जाता है कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़बी लग जाती है वक्त तो मासूम होता है निभाने वाले निभाने का बहाना ढूंढ़ते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने का पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्यूँकी शाबासी और धोखा दोनों पीठ पीछे ऐसी ही मिलता है गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है यदि आप में हिम्मत है अपनी गलतियाँ स्वीकार करने की स्वयं से लड़े बाहरी दुनिया से क्या लड़ना जो इंसान स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है बातें झोंकों के साथ हवा में जल्दी ही फैल जाती हैं। जरा संभल के बोलना दोस्तों लौटती हैं तो रू बदल कर आती हैं। हमेशा संदेह करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस लोक में है ना कहीं और एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की वरना पता तो हमें भी है की मरना अकेले ही है कितने भी अच्छे कर्म कर लो तारीफ तो शमशान में ही होगी कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है यदि दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद के दिखाओ कभी एक अलग ही मजा है मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ की आप सही हो तजुर्बे ने शेर को खामोश रहना सिखाया क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता जो झुकते हैं जिंदगी में वो बुजदिल नहीं होते ये हुनर है उनका हर रिश्ते निभाने का हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ही ठीक रहेगा क्योंकि अंदाज ताकत से राजा कहलाता है जरूर कुछ बनो क्यूँकी वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता मैं पहले फैसले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ जो आपके मुकदर में है वो खुद चलकर आपके पास आएगा और जो नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा मिट्टी कमटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है तोड़ने वाले को नहीं मुझे लोगों को समझना तो नहीं आता लेकिन एक बात है उन पर विश्वास करके मुझे बहुत सारे सबक मिल जाते हैं यदि आप सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना क्योंकि पंची को भी पता है की आकाश में बैठने की जगह नहीं होती खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है वर्णा अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है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 वो और किसी के सामने झुकने नहीं देगा मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ बोली बता देती है कि इंसान कैसा है और बहस बता देती है कि उस इंसान का ज्ञान कैसा है जब भी आपका अतीत आपको आवाज दे तो उसे कभी जवाब मत देना क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं होगा अकेले ही लड़ना होता है जिंदगी की लड़ाई लोग सिर्फ तसली देते हैं साथ नहीं जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना दुश्मनों से कोई खतरा नहीं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 दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है एक बार देखिए तो देखिए जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। चुनाव जैसी तरह रखिए ये मत सोचिए कि आपके कारण किसका घर रोशन हुआ बुरा समय आपके उन सत्यो ऐसी सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कल्पना नहीं की होगी जिम्मेदारियों का बोझ आपको झुकाता नहीं है बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ही हटा दिया जिससे पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते हैं रक्त चित्र मित्र और चरित्र ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं किताबें ऐसी शिक्षक है जो बिना कष्ट दिए बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए आपको हमेशा सिखाती है कोई सराहना करे या निंदा दोनों में फायदा आपका ही है सराहना से प्रेरणा मिलती है और निंदा से सबक कुछ इकट्ठा भी उनके पास होता है जो बाटना जानते हैं फिर चाहे भोजन हो प्यार हो या फिर सम्मान थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी बचा कर रखिए जो आपकी नम्रता को की समझते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में फैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फैसला तो लीजिए हो सकता है किस्मत बदल जाए जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना की वो कोई साधारण इंसान नहीं है विकल्प बहुत मिलेंगे माल से भटकाने के लिए लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए हक दे डे किसडे रोज डे आपके माता पिता भी आपसे एक डे मांग रहे हैं आपकी सक्सेस का डे रिश्ते वही बनते हैं जहां प्यार होता है जहां जरूरत होती है वहां सिर्फ समझौते होते हैं अकेले ही लड़ना होता है जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है जब खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है और जब दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं मत जाओ किसी को इतना कि बाद में पछताना पड़े क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा ही मिला है यदि आपके पाओ में जूता नहीं है तो आपसोस मत कीजिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पाओ ही नहीं है कौन चाहता है खुद को बदलना किसी को प्यार तो किसी को नफरत बदल देती है मैं इतना काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करना जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है और सती बोलने से दिल साफ रहता है मुद्दते लगी बुनने में ख्वाबों का स्वेटर जब तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था दोस्तों से अच्छे तुम तो मेरे दुश्मन निकले जो बात बात पर कहते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं याद ना करे तो ना सही लेकिन ये तो पता चले कि नियत खराब है या तबीयत खराब है उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए घुटने चले या ना चले अपनी उड़ान को जिंदा रखिए में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं की ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं रहता इंटरनेट की ताकत क्या है ये आज हम सभी को बहुत अच्छे से पता है लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं फेक न्यूज फैला जाने अनजाने में हम भी कई बार किसी पोस्ट को बिना समझे बिना सोचे और बिना परखे शेयर कर देते हैं और हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो यदि आप कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे जाचे उसी के बाद उसे करें। वो इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा जिसके सामने आप हमेशा झुकेंगे दर्द भी उन्हीं को मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं सीने पर तीर घा के भी यदि कोई मुस्कुरा दे तो निशाना ला कर छाओ बेकार ही जाता है सच्चक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं खुद जहां हैं वहीं रहते हैं लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जब हम खुद को समझ लेते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है बुद्धिमान होना अच्छी बात है लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो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 लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल लेते हैं जब आपकी सोच बड़ी हो तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती यदि आप क्रिकेट देखने और खेलने के शौकीन हैं, और साथ ही साथ आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं 11 विकेट्स एप्लीकेशन 11 विकेट्स में एक नया फीचर ऐड हुआ है जो किसी दूसरे फैंटेसी ऐप में नहीं है इस फीचर का नाम है अर्न विद प्राइवेट लीग जहां पर प्लेयर अपना खुद प्राइवेट लीग बना सकते हैं इस लीग को क्रिएट करके कोई भी क्रिएटर 50 प्रतिशत तक प्रॉफिट जीत पाएगा ये रहेगा आपका अपना लीग ये फीचर सिर्फ मोबाइल अप्लीकेशन में अवेलेबल है इसलिए अभी यूज करें